भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नगरी निकाय चुनाव में मिली जीत पर कहा उन्नीस जगह पर नगर पालिका नगर परिषद चुनाव हुए हैं जिसमें बारह सीटों पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है धार से लेकर अनुपुर तक भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याणकारी योजनाओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हम जीते हैं नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है भाजपा ने 19 में से 12 सीटें जीती है इस जीत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। धार से लेकर अनुपुर तक भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है आगे वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधान की प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गरीब कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हम जनता का विश्वास जीतने में सफल हो पाए हैं कार्यकर्ताओं में शून्य से लेकर शिखर तक मेहनत की है हर स्तर पर मोर्चा संभाला है मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी को बधाई देना चाहता हूं जो 19 नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए हैं आज मुझे बताने में आप सबको इस बात का गर्व है और मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ के एक एक कार्यकर्ता को चाहे बड़वानी हो चाहे धार हो चाहे राधौगढ़ हो चाहे ओंकारेश्वर हो या फिर जयतहरी अनूपपुर के अंदर हो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है कि 19 में से अभी तक भारतीय जनता पार्टी 11 में पूरे बहुमत के साथ और एक जो पलसूद है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर इस प्रकार से 12